कोई अपना नहीं गम के मारे है हो आपके आप दे, दे तो पे, पे या दिलाए है हम हो निगाहें करो वरना तो तो तो तो तो तो तो चौखट पे हम हो निगा करो तो वरना चौखट पे हम आपका नाम नामूले के मन में जाएंगे